पठान फिल्म में शाहरुख खान ने हग दिया मतलब इतना जो था वो सब बेकार मतलब पैसा अगर ये ये आप सुनने आए हो तो सॉरी चीजें मैं नहीं बोलने वाला क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो हांजी का इसकी हालचाल मेरा नाम है रॉबिन और आज करते हैं पठान का रिव्यू सुबह के सात बजे के शो में मैं गया था और मुझे लगा कि यार में अकेला होगा या फिर दो चार लोग होंगे मगर 50 से 60 लोग थे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे फिल्म देखने में सबसे पहले हम बात करेंगे हीरो की यानी कि शाहरुख खान की शाहरुख खान भाई पहले सीन से ही उन्होंने जो ग्रिप पकड़ी है भाई वो लास्ट सीन तक उनके हाथ से ग्रिप छूटी नहीं है बहुत ही टॉप नॉच उनकी एक्टिंग की तो मतलब मैं बात ही करने लायक नहीं हूं मगर उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है पठान में वो एक नंबर है मतलब मजे आ गए दूसरी मैं बात करूंगा भाई जॉन इब्राहिम की हीरो जितना तगड़ा होता है जितना हाइप रहता है विलन की भी उतनी हाइप होनी चाहिए तभी फिल्में बहुत अच्छी बनेंगी भाई जॉन इब्राहिम ने जो एक्टिंग की है जो उन्होंने एटीट्यूड दिखाया है जो उनका विलननेस बना है भाई साहब मतलब पूरे मतलब फिल्म में ना उनसे ना नफरत हो जाती है भाई इतने ज्यादा वो ना विलन के कैरेक्टर में थे और मतलब मजे आ गए काफी अच्छा निभाया उन्होंने और तीसरे हम बात करेंगे दीपिका का दीपिका का मतलब काफी अच्छा रोल था एक एक दो प्लॉट ट्विस्ट थे बट वो गैस कर लेते लोग लेकिन एक लेडी भी होनी चाहिए तो इसलिए उन्होंने रखा और एक पाकिस्तान का ट्विस्ट ये तो हमेशा रहता है इस यूनिवर्स में आपको पता है तो वो कुछ आ, मतलब सही है मैं बात करूंगा नेक्स्ट भाई बीजेम की भाई जो सबसे अच्छा लगा इस फिल्म में मुझे वो था एक्शन और बीजीएम भाई बीजीएम काफी तगड़ा मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहा हूं क्योंकि बीच बीच में इंग्लिश म्यूजिक और फिर एक डोर ओपन होने वाला म्यूजिक और एक मतलब अलग तरह का यहाँ पे म्यूजिक का एक्सपीरियंस था तो काफी अच्छा लगा मुझे डायरेक्शन तो मतलब एक नंबर डायरेक्शन था भाई वी वगैरह काफी सॉलिड लगे और उसके बाद में बात करूंगा एक्शन की एक्शन सिन्ना भाई नहीं देखने को मिला शाहरुख खान फिर भी वो क्या लग रहे उनकी बॉडी कितनी सॉलिड लग रही है मैं बोलूंगा गुड कम बैक बहुत अच्छा कम बैक था यह फिल्म काफी अच्छा जाने वाला है एक मसाला फिल्म है मतलब पूरे मजे आपको मिलेगी फिल्म बहुत ही एंगेजिंग है आपको कहीं भी फिल्म बोर नहीं करेगा दो घंटे तीस मिनट के हैं लगभग उससे थोड़ा कम है बट बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको फिल्म देखने में मैं रिकमेंड करूंगा ये फिल्म थिएटर में जाके जरूर देखना ओटीटी का भाई मतलब इंतजार मत करो और कहीं से कहीं से भी मिले वो देखना मत और एक बोलना चाहूंगा कि भाई स्पॉयलर ये कि हाँ टाइगर है इस फिल्म में सलमान खान है इस फिल्म में सलमान खान के फैंस भाई आप खुश हो जाओ क्या मस्त एंट्री है भाई भाईजान की मतलब मजे आ गए और उन्होंने ये भी बोला है कि तू मरना मत यानी कि टाइगर ने पठान को बोला है तू मरना मत मैं एक मिशन में जा रहा हूं वहां तेरी जरूरत है इसका मतलब टाइगर थ्री में भी हमें पठान देखने को मिलेंगे और कबीर वाला यूनिवर्स भी टच तो है बट ऋतिक है नहीं उस फिल्म में तो भाई मजे आ गए लव यू मतलब ये फिल्म टोटल मसाला फिल्म है आप देखोगे एक बार तो जरूर देखना देखोगे तो मजे आएंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में